हेलो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा जावा की बात करें तो आपके पास में जावा में जो ऑपरेटर्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं ठीक है तो ए, हमारे पास में ऑपरेटर्स होते क्या हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं जो फर्दर कैलकुलेस के लिए हम यूज़ करते हैं एंड इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आ, या इसी चीज़ के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे पास में ऑपरेंट है टू ऑपरेंट्स है ए प्लस तो means, जो प्लस है वो हमारे पास ऑपरेटर हो जाता है एंड ए so, जो अभी हम सी लैंग्वेज में स्टडी करके आए हैं ठीक है तो दैट मीनस हम बात करते हैं एडिशन सब्टैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एंड मॉड्यूल ऑल्सो ये आपके पास है फाइव टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं इनकी हम प्रैक्टिस करके देखते हैं अब ये हमारे पास में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने क्लास ए एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड मेन स्ट्रिंग एंड देन हम बात करते हैं इसमें हमने टू वेरिएबल्स लिए ए एंड आपने बी जिनकी जो वैल्यू है फाइव एंड फोर है आपके पास में दोनों वैल्यू को हमने हमने जो ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया अनदर में हमने मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ कर लिया एंड थर्ड वन में हमने क्या कर लिया है कि अलग से आपके पास में माइनस ऑपरेटर है ठीक है इनका यूज किया है अगेन हम इसको एक काम करते हैं अब रन करके देखते हैं हमें जो रन करने के लिए हमने बैकसाइड के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी देखा था कि आप किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा कंपाइलर का यूज करते हो जावा कंपाइलर पैकेज का सो जावा सी हम यूज करते हैं ए डॉट जावा आप यूज करेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास में ए डॉट जावा क्या है फाइल नेम है जिसका हम यूज कर रहे हैं एंड इसको रन करने के लिए जावा ए करेंगे दैट मीन्स जो आपका क्लास फाइल जनरेट हुआ होगा नाइन ट्वेंटी वन तो दैट मीन्स मेरे पास में इनकी जो आंसर है ये मेरे पास में आउटपुट यहाँ पे रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट किस टाइप क्या आया है कुछ ऐसे देखिए आपके पास में ए प्लस आपने फाइव प्लस फोर नाइन तो आपके यहाँ रिजल्ट आ गया है आप वहाँ a के एंड बी के मल्टीप्लाई करें देट मीन फाइव फोर या 20 रिजल्ट आ गया है a माइनस बी करें तो आपके पास यहाँ पे माइन वन हो गया है ठीक है तो दैट मीनस ये आपके पास में हमने सपोर्ट किया है कि ये आपके पास में एक सिंपल सा ऑथोमेटिक ऑपरेशन का हमारे पास एग्जांपल था नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास में यूज होता है तो रिलेशन दैट रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनशिप दैट मीनस लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर टू एंड लेस इक्वल टू जो हम यूज करते हैं बेसिकली ठीक है चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे हम इसका भी एक सिंपल्स प्रोग्राम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल सिंबल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिम्बल्स होते हैं हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर दैट मीन्स में बात कर रहा हूँ इक्वल टू लेस लेस देन ग्रेटर देन Less than equal to, greater than equal to, not equal to ये आपके पास में इेशन और ऑपरेटर में काउंट होते हैं ठीक अब यदि हम इसके प्रोग्राम बना के देखें एग्जाम्पल बना के देखें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये आपके पास में लेस देन की बात करते हैं एंड सेम एज इसको मैं ग्रेटर देन बना देता हूँ एंड इसको नॉट इक्वल टू हम बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है so, सो अब मेरे पास में जो फर्स्ट आंसर है देखते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू बिकॉज आपके पास में जो रिलेशनल ऑपरेटर है जो रिजल्ट है वो बोलियन में फॉर्मेट में देता है आपके पास में बोलियन फॉर्मेट दैट मीनस हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास में कोई भी जो ए वैल्यू है ए वैल्यू क्या फाइव है एंड बी वैल्यू फोर है तो दैट मीन्स ए की वैल्यू मेरे पास में फाइव होगी तो यह ग्रेटर है ठीक है फाइव वैल्यू आपके पास में लार्ज वैल्यू है कंपेरिजन टू द बी वैल्यू तो दैट मीन्स ये आंसर मेरे पास में करेक्ट आ जाता है दैट मीन्स का आंसर क्या हो गया ट्रू आ गया मेरे पास में यहां पर अगेन मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंटाइल एन की बात करें तो हम अगेन मैं बात कर रहा हूँ इस हम लेस देन की बात करें ए लेस देन बी दैट्स नॉट करेक्ट तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा फॉल्स तो ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन की आ गई फॉल्स की आ गई अगेन हमने क्या किया ए नॉट इक्वल टू बी यस यदि आपके पास में दोनों इक्वल नहीं है ठीक है फोर फोर नहीं है यदि दोनों फोर फोर होते इक्वल टू होते तो आपके पास में यह कंडीशन आपके पास में फॉल्स हो जाती है लेकिन यह करेक्ट आपके पास में है तो हमारे पास में जब नॉट इक्वल टू है तो दैट मीन्स मेरे पास में रिजल्ट है क्या ट्रू तो ये इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो रेशन ऑपरेटर यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाता है सेम एज यदि मैं बात करूँ यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा दूँ तो मेरे पास में तब भी आंसर यही रहेगा बिकॉज इक्वल टू में एग्जैक्ट वैल्यू चेक होती है अब मैं बात करता हूँ फोर आपके पास में ए B से चेक हो रहा है तो that means मेरे पास में exactly वही value आपके पास में होनी चाहिए उससे less मैं बात करता हूँ A B की value जो हमारे पास में है A की value क्या है फोर है B की value आपके पास sorry A की value फाइव है B की value हमारे पास में फोर है यहाँ पर ठीक है तो हमारे पास में जो फाइव नाइव की आपके पास वैल्यू है एग्जैक्टली exactly वो चेक नहीं होती है आपके पास में ठीक उससे लेस वाले काउंटेबलिटी होती है आपके पास में तो सेम एज आपके पास में हम चेक कर रहे हैं ठीक है सो अगेन हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास में बिटवाइज ऑपरेटर काउंटेबल किया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो ये यूनि ऑपरेटर में काउंट किया जाता है सो यूनिट ऑपरेटर में आपके पास में क्या क्या होते हैं थ्री आपके पास में एक आपके पास एंड का यूज करते हैं एंड बिट बोला जाता है एंड बिट हो गया एक्सक्लूसिव ओर हो गया यहां पर हमारे पास में एंड देन हम बात करते हैं ओर हमारे पास में बिट और की बात होता है आपके पास में दैट मीन सिंगल फाइव के जिसे हम बोलते हैं इन सभी का हम यूज़ करते हैं ऑल्सो जावा के अंदर थ्री के, थ्री ऑपरेटर्स अनदर भी होते हैं लेफ्ट शिफ्ट होता है राइट right शिफ्ट होता है हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट आपके पास में लेफ्ट शिफ्ट हो गया दैट मीनस वन बाइट को आपके पास में लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अगेन हम राइट right शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास में राइट right शिफ्ट हो जाता है अनसाइंड राइट शिफ्ट भी यहाँ पर अवेलेबल होता है तो अब हम बात करते हैं बेसिकली ये आपके पास में अनसाइंड राइट शिफ्ट भी होता है तो ये बेटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास में काउंटेबिलिटी होती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपके पास में वर्क जो करता है ठीक है ये इसका पर्पज़ क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर टू ऑपरेटर्स को टू दैट मीन टू सिंबल्स को एक साथ में कम्बाइन करना ठीक है तो ये टू सिम्बल्स को जब एक साथ में आप कंबाइन करते हैं इनके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के बेसिकली आपके पास में जितने भी जो सिम्बल्स होते हैं हम बात करते हैं टू सिम्बल्स से मिलकर बनता है तो मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाता है प्लस इक्वल टू हो जाता है एंड हम बात करते हैं माइनस इक्वल टू हो जाता है परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है तो ये मेरिट आइप के आपके पास में सिंपल से पे अवेलेबल होते हैं हम देखते हैं एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो ए इक्वल टू आपके पास से फाइव एक सिंपल वे में आपके पास भी स्टैक्चर आप राइटअप कर सकते हैं अगेन में बात करता हूँ ए प्लस इक्वल टू सेवन तो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बात कर रहे हैं इसको कुछ हम ऐसे भी राइटअप कर सकते हैं ए इक्वल टू भी हम इसको राइटअप कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके पास में वैल्यू हो जाती है अब हमारे पास में A already हमने क्या असाइन किया जाएगा ठीक है तो इस टाइप से आपके पास में होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं यह हमारे पास में एग्जाम्पल है int A हमने एक अनदर अनदर ले ले लिया से ले लिया से एंड ए की जो वैल्यू है वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दी वायर के अंदर वेरियबल एक अनदर आपके पास में वायर अनदर हमने एक वेरियबल लिया है इंटीजर टाइप का इसमें ले लिया एंड सिस्टम आउट डॉट प्रिंट मीन वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है अगेन हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हैं दैट मींस प्लस का कर रहे हैं वायर प्लस इक्वल टू ए तो दैट मीन्स ऑलरेडी मेरे पास में जो वायर की वैल्यू है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे असाइन हो गई होगी अगेन मैं चेक करता हूँ अब यहाँ पर वायर मल्टीप्लाई इक्वल टू ए ठीक है देन अगेन मैं इसको चेक करके देखते हैं ठीक है अगेन हम इसको चेक करते हैं ये हम इसको सेव कर लेते हैं अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम कंपाइल हो गया गुड रन हो गया दैट मीन्स मेरे पास में स्टार्टिंग में जो हम ये हमारे पास में जो स्टार्टिंग की वैल्यू है ओके okay. कुछ स्टेप से देखिए अभी मेरे पास में जो a की वैल्यू है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट इसका जो आंसर है ये हमारे पास में के अंदर वैल्यू हो थी, तो वैल्यू क्या हो गई हो गई थी अगेन मैंने इसकी वैल्यू को वायर प्लस, प्लस किया की तो वैल्यू क्या हो जाता है तो वायर पास में रिजल्ट क्या गया टेन दिस वन तो यह मेरे पास में अब प्रिंट हो गया अगेन में इस बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो दैट मीनस अब मेरे पास में जो प्रीवियस साइड में मेरे पास में आउटपुट क्या था Where में वैल्यू क्या थी आपके पास में जो वेर है यह फिफ्टी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गई है हमने टेन कर दी थी इसकी जो वैल्यू हमारे पास में टेन हो गई थी बिकॉज हमने यहां पर 10 मल्टीप्लाई टेन एडिशन टेन 5 एडिशन, 5 कर रहे थे तो आपके पास में वैल्यू 10 हो गई थी सेम एज वैर की वैल्यू है अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से कमेंट भी कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5. तो देट मीन्स अब मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या हो गई है इसकी फिफ्टी वैल्यू हो गई है मेरे पास में तो ये हमारे पास में सिमिलरली एज डिवाइडेशन सिमिलरली एज सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ हमारे पास में यूजिंग है असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी पॉसिबल ठीक है हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑपरेटर हमारे पास आपके किसी भी ऑपरेंट से पहले जो आप सिंबल यूज करते हैं तो प्रीफिक्स होता है लाइक like दैट में बात करते हैं आपके पास में प्लस प्लस ए तो ये आपके पास में प्रीफिक्स हो जाता है हम पोस्ट फिक्स के बारे में बात करते हैं तो ए प्लस प्लस आपके पास में पोस्ट फिक्स हो जाता है ठीक है तो हम एग्जांपल की बात करते हैं सेम एज द डिक्रीज द वैल्यू हमारे पास में यदि हम डिक्रीजिंग वे बात तो की बात करें तो आपके पास में जो प्रीफिक्स है ये आपके पास में पहले यूज हो जाएगा एंड पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्टफिक्स आपके पास्यू के आपके जो ऑपरेंड है ऑपरेंट के बाद सिंबल यूज होगा वो आपके पास में पोस्टफिक्स हो जाएगा सिमिलरलीस इसके भी आपके पास में डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यूजिंग अ फोल्ड लूप कर सकते हो यूजिंग अ लुपिंग सिस्टम कर सकते हो या फिर अनदर वे से भी आप इसका यूज कर सकते हो ओके क्लास थैंक यू ये हमारे पास में सेवन टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं ये कम्प्लीट हो जाते हैं यदि किसी को किसी भी टाइप के ऑपरेटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ओके क्लास थैंक यू नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास में टर्नरी ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर को सेम एज हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं ठीक है कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास में कोई भी जो कंडीशन है लाइक like हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन की बात रिगार्डिंग हम बात करें ए आपके पास में ग्रेटर देन बी यदि यह कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास में येस yes हो जाएगा अदरवाइज आपके पास में नो no हो जाएगा तो ये आपके पास में कंडीशनल ऑपरेटर हो जाता है ठीक है यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं फैब हम बात करते हैं हम देखते हैं कि लीप ईयर हमारे पास में है या फिर नहीं है तो हम देखते हैं कि आपने जो फैब है फैब में आपके पास में यदि आपके पास में ट्वेंटी नाइन आपके पास में डेज है यदि हमारे पास में फैब में ट्वेंटी डेज है तो आगे क्या होगा आपके पास में रिजल्ट आपने किसी भी रिजल्ट ले लिया है देन इन सभी को हम बाकी को यहां से रेज कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट हम कंडीशन अब बताते हैं कि आपके पास में जो कंडीशन है अब नॉर्मल से है कंडीशन हमारे पास में इंप्लीमेंट हो जाएगी उट डॉट प्रिंट यस वी को पता ही है सिस्टम आउट .प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर एंड सिंपल सा आपको रिजल्ट करना है यहाँ पर जो रिजल्ट है आपने अनाथ अवैरबल लिया हुआ था इसको हमें यूज करना है प्रिंट कर देना है एंड अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि आपके पास वर्किंग है और नॉट स लिप ईयर तो दैट मीन्स आपके पास में लिप ईयर का हमारे पास में जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे चेक हो जाती है यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर के ठीक है तो हम कंडीशनल ऑपरेटर से इसको हम इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं इस कंडीशन को ओके okay. नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली आपके पास में थ्री टाइप के होते हैं एंड और नॉट ठीक है फर्स्ट वन हम बात करते हैं ये आपके पास में एंड का एम्परसेंट हम टू टाइम्स लगा देते हैं तो आपके पास एंड लॉजिकल एंड आपके पास में हो जाता है ठीक है इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा बोलियन वैल्यूज ही होगी लॉजिकल में ऑलवेज करें लॉजिकल ऑपरेटर वैल्यूज होती है हम बात करते हैं लॉजिकल ओर डबल तो पाइप का यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास में लॉजिकल ओर ऑपरेटर यूज होता है आपके पास में मैं बात करता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ए तो दैट मीन ये दोनों कंडीशन मेरे पास में यदि यह कंडीशन ट्रू हो जाती है यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ऑल्सो ये कंडीशन भी ट्रू होती है तब जाके रिजल्ट मेरे पास में ट्रू आएगा यदि ये इनमें से एनिमन में से, से किसी भी कोई भी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो जो रिजल्ट मेरे पास में आएगा वो फॉल्स आ जाएगा ठीक है तो ये दोनों केसेस में मेरे पास में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ठीक है तो लॉजिकल ऑपरेटर भी आपके पास में यदि कंडीशन मुझे चेक करनी है मल्टीपल टाइम चेक करनी है तो आप इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं यूजिंग अ एग्जाम्पल ओके क्लास थैंक यू